बात याद रखना जो अकबात कहने से खामोश रहे वो गुनहगार शैतान है जो शख्स नाराज होने पर किसी का राज ज़ाहिर कर दे वो याद रखना कमीना है ज्यादा मेरे भाई मत हंसा करो हंसना आज मैं आप लोगों को मोटिवेशनल बातें बताने वाला हूं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे लिए कागज के, के, के टुकड़े कमाने के लिए ना तो कफन में जेब है ना ही खबर में कोई अलमारी ना तो कफन में जेब है न ही कोई खबर में अलमारी अजीब बात तो यह है की मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता रसोचिएगा जरा सोचिए एक बात और याद रखना शेख सादी फरमाते हैं, मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया मैं कैसा हूं। और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है बात हमारी याद रखना दुनिया पैसे वालों की चमचागिरी करती है दुनिया पैसे वालों की चमचागिरी करती है जनाब वरना तो रिश्तेदार तो भिकारियों के भी होते हैं बात हमारी याद रखना दिल से ज्यादा दुनिया में कोई महफूज जगह है ही नहीं दिल से ज्यादा कोई महफूज जगह दुनिया में है ही नहीं और सबसे ज्यादा लोग भी यहीं से लापता होता बात हमारी याद रखना जरूरी नहीं है जिंदगी में सबक सिखाने वाले मिले ज़रूरी नहीं है जिंदगी में सबक सिखाने वाले मिले कुछ बहुत लोग अच्छे भी होते हैं जो आपको फिर से लोगों पर एतमाद करना सिखा देते हैं बात हमारी याद रहन... हमारी याद रखना सब कुछ बदल जाता है आइना तलक बदल जाता है नहीं बदलता तो माँ बाप का प्यार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 जो शख्स नाराज होने पर किसी का राहर कर दे वो याद रखना कमीना है ज्यादा मेरे भाई मत हंसा करो हंसना बेवकूफ़ी की आलामत है। एक बात और याद रखना जाहिल लोगों से कम मिलो वरना वो तुम्हें भी जाहिल बना देंगे एक बात हमारी याद रखना मुसीबत की जड़ बुनियाद और इंसान की जबान है माफी निहायत ही अच्छा इंतकाम है एक बात और याद रखना जो हंसते हुए गुनाह करता है वो रोते हुए जहन्नम में जाता है बात याद रखना गम आधा बुढ़ा पाए मेरे भाई अपनी तारीफ ज्यादा करना हलाकत का बायस है बात हमारी याद रखना दिल की बात साफ साफ बता देनी चाहिए दिल की बात साफ साफ बता देनी चाहिए क्योंकि बता देने से फैसले होते हैं और ना बताने से फैसले होते हैं एक बात हमारी याद रखना दिल में नफरत रखकर मस्जिद जाया नहीं करते जनाब दिल में नफ़रत रखकर मस्जिद जाया नहीं करते जनाब वो सजदे साफ कपड़ों को नहीं दिल को देखकर कबूल करता एक बात हमारी याद रखना जिंदगी में दो चीजें जरूर सीखें, जिंदगी में दो चीजें जरूर सीखें, नंबर एक अपनों में खुश रहना नंबर दो रब के अलावा किसी से उम्मीद न लगाना यकीन मानो आप बहुत एक बात हमारी याद रखना रिश्तों के बाजार में आजकल वही लोग हमेशा अकेले रह जाते हैं जो दिल और जबान के सच्चे होते हैं एक बात हमारी याद रखना पहले इस तस्वीर को देखो आपने देख ली इस तस्वीर को तो याद रखना हमेशा वही बुलंदियों पर होते हैं जो खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं बात हमारी याद रखना गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं लेकिन गलती पर समझा साथ मिलाने वाले बहुत कम मिलते हैं एक बात हमारी याद रखना बुराई बुरे लोगों से नहीं बुराई बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से फैलती है बात हमारी याद रखना खुदा की राह में कोशिश करो कभी भी पीछे न हटो क्योंकि खुदा ने तुम कोशिश मांगी है मेरे भाई नतीजा नहीं बात हमारी याद रखना सब कुछ पास होकर भी अगर बेसुकूनी है सब कुछ आपके पास अगर है और फिर भी बेसुकूनी है तो समझ लो कि तुम्हारा दिल दुनियावी चीजें नहीं चाहता बल्कि वो अल्लाह से जुड़ने के लिए तड़प रहा है खुद को मेरे भाई अल्लाह ऐसी जोड़ लो हमेशा का आपको सुकून मिल जाएगा हमेशा का सुकून आपका मुकदर बन जाएगा इन बात हमारी याद रखना मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला कोई अजनबी ही क्यों ना हो मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला कोई अजनबी ही क्यों ना हो लेकिन दिल में उतर जाता जबकि मुश्किल वक्त में किनारा कर लेने वाला कोई अपना ही इंसान क्यों ना हो लेकिन वो दिल से उतर जाता है <Syuk> Eli <Syuk goddamn>。बात हमारी याद रखना बेहतरीन इंसान अमन से पहचाना जाता बेहतरीन इंसान अमन से पहचाना जाता वरना बातें तो दीवारों पर भी अच्छी लिखी होती है बात हमारी याद रखना एक बात हमारी याद रखना तुम पानी जैसे बनो तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है एक बात हमारी याद रखना इंसान रिश्ते बदलता फिर भी वो परेशान ही रहता पता ऐसा क्यों क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता इसीलिए मिर्जा गालिब ने कहा है उमर भर गालिब यही भूल करता रहा उमर भर गालिब यही भूल करता रहा धूल चेहरे पे थी और साफ आई करता रहा बात हमारी याद रखना ये पाँच बातें कबूल कर लेनी चाहिए नंबर एक माँ बाप का हुक्म चाहे वो नागवार आपको गुस्सें लेकिन कबूल कर लेना चाहिए नंबर दो दोस्त का तोहफा चाहे वो कितना ही छोटा हो कितना ही हकीर हो उसको भी कबूल कर लेना चाहिए इसी तरीके से गरीब दोस्त की दावत गरीब दोस्त की दावत चाहे उसमें कितनी तकलीफ हो लेकिन उसको कबूल कर लेनी चाहिए इसी तरीके से नसीहत की बातें चाहे जितनी आपको कड़वी लगें, जितनी आपको मिर्ची लगें, लेकिन इसे कबूल कर लेनी चाहिए सुन लेनी चाहिए इसी तरीके से पांचवी चीज है नेक बीवी की मोहब्बत चाहे वो कितनी ही बदसूरत हो कितनी बदसूरत हो लेकिन उसकी मोहब्बत भी कबूल कर लेनी चाहिए ये पांच बातें कबूल कर लेनी चाहिए एक बात हमारी याद रखना यहाँ जो कुछ है वो यहीं रहेगा यहाँ जो कुछ है वो यहीं रहेगा लेकिन यहाँ की चीजों को अपना कहने वाला यहाँ नहीं रहेगा